जी का रंग पूरे देश पर छाया हुआ है खजुराहो में भी 23 से 25 फरवरी तक जी की बैठक होगी जिसमें जी सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे बैठक में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे कैसी है खजुराहो में जी की बैठक की तैयारियां ये दिखाने के लिए खजुराहो सांसद व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा पत्रकारों के एक समूह को खजुराहो लेकर पहुंचे और विस्तार से इसकी जानकारी दी खजराहो के पश्चिमी मंदिर का समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है संस्कृति कार्य समूह की बैठक में सदस्य देशों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि आएंगे सांसद बी शर्मा ने सबसे पहले तो खजुराहो मंदिर में होने वाले लाइट एंड साउंड शो को दिखाकर खजुराहो के मंदिर के इतिहास ऐसी अवगत कराया विश्व प्रसिद्ध नगर खजुराहो में तेईस ऐसी पच्चीस फरवरी तक जी के संस्कृति कार्य समूह की बैठक होनी है इनमे जी ट्वेंटी सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे आप सब लोगों ने के अंदर जो लाइट एंड साउंड सिस्टम ये सब आपने जो देखा है और इसका पूरा चित्रण आज यहाँ पर हुआ है आपने जो कहा तो राकेश जी जिस बात का उल्लेख कर रहे हैं सभी पत्रकार मित्र भी आज उन्होंने इसको देखा है तो इसलिए इसमें कुछ कुछ सुधार की जो आवश्यकता है इस पर हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है कि इफेक्टिवली लाइट एंड साउंड सिस्टम यहाँ का बने क्योंकि दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं इसलिए उन पर्यटकों की दृष्टि से जो और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है इस पर हम लोगों ने काम शुरू किया और देश भर के अंदर सबसे अच्छा लाइट एंड साउंड सिस्टम कहाँ पर है उसके माध्यम से यहाँ पर अभी हमने सर्चिंग शुरू की और प्रशासन भी इस काम में जुटाए और मुझे लगता है कि जल्दी ही एक और इफेक्टिवली यहां पर लाइट एंड साउंड सिस्टम लगे इसकी हम लोगों ने तैयारी शुरू की बुंदेली संस्कृति की पहचान विदेश से आए लोगों को कराने के लिए उनके मनोरंजन का विशेष ध्यान रखते हुए बुंदेली लोक संस्कृति कार्यक्रमों का, का आयोजन किया जाएगा साथ ही क्या भोजन परोसा जाएगा जो बुंदेलखंड के स्वाद की पहचान कराए इसके लिए बी शर्मा ने पत्रकारों को देसी अंदाज में खेतों के बीच भोजन कराया जो पत्ते से बने पत्तलों पर परोसा गया चूल्हे पर बने टिक और सिलबट्टे पर बनी कई प्रकार की चटनियाँ विशेष रही बुंदेलखंड के व्यंजन भी लेकर के गैठा की चटनी और पता नहीं क्या क्या यहाँ के जो व्यंजन है लोकल डिशेज के साथ आने वाले लोगों मोटा अनाज बिलेट्स जो जो तो कल के के हमारी ऐसी चीजें स्वाद जी ट्वेंटी बैठक में आने वाले सदस्य देशों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों के पर्यटन के लिए पन्ना भी तैयार है पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के बेहतरीन कार्य के बाद अब यहाँ लगभग 70 से ज्यादा टाइगर हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के मुख्य आकर्षण बाघ चौसिंगा हिरण चिंकारा सांभर जंगली बिल्लिया घड़ियाल मगरमच्छ नीलगाय जंगली सुअर इस पार्क में पक्षियों की भी लगभग 200 से अधिक प्रजातियां हैं इनमें प्रवासी पक्षी भी सम्मिलित हैं, जो दूरदराज के इलाकों से यहां आते हैं इनके अलावा भी पार्क में अजगर व सांप भी हैं। कई है कई प्रजातियां हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व की मुख्य आकर्षण बाघिन मंचली है जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग पन्ना टाइगर रिजर्व आते हैं ये पन्ना रियासत के अंतर्गत आता था और नेशनल पार्क बनने से पहले जो हमारा एरिया है महाराजा का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था उसके बाद '75 में गंगा सेंचुरी बना एट्टी वन में फिर ये नेशनल पार्क हुआ और नाइन्टीन में इंडिया का ट्वेंटी नंबर का टाइगर रिजर्व हुआ और अभी 2020 में इसको, इसको की में शामिल किया गया है तो बायोस्फीयर रिज़र्व हो चुका है खजुराहो में पतंग उत्सव और खिचड़ी वितरण समारोह भी आकर्षण का केंद्र रहा जहां सांसद बी शर्मा ने पतंग उड़ाई और बताया मेरा देश आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जी की अध्यक्षता कर रहा है 23 23-24 पच्चीस फरवरी 2023 को खजुराहो में जी की संस्कृति कार्य समूह की बैठक होगी जिसकी हमने पूरी तैयारियाँ कर ली है खजुराहो में महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में इन बैठकों का आयोजन किया जाएगा भारत में जी की बैठकों में अठारवे शिखर सम्मेलन सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधियों के अलावा मेहमानों में बांग्लादेश इजिप्ट मॉरिशस नीदरलैंड नाइजीरिया ओमान सिंगापुर स्पेन और यूएई शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे इसके अलावा दुनिया भर के देशों के मीडिया कर्मी और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों का खजराहों में जमावड़ा होगा इससे कोविड महामारी के बाद पर्यटकों की राह देख रहे खजराहों के पर्यटन को पंख भी लग जाएंगे भारत में जी ग्रुप के अधिकारियों ने तीन दिन बैठक के बाद जी सदस्यों के लिए खजुराहों में होटल बुक करा दिए हैं पतंग बेरी नहीं ये पतंग भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, ये पतंग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जी देशों की अध्यक्षता के प्रतीक के तौर पर आसमान को छू रही है।, है हम गौरवान्वित पच्चीस को हम उनके आने वाले प्रतिनिधियों के स्वागत की तैयारियों में मोदी जी के निर्देश पर चुके हैं और मुझे लगता है की ये जो बैठक ऐतिहासिक कल्चरल बैठक है और खजराव वर्ल्ड हेरिटेज है